नमस्कार दर्शकों स्वागत है 12 अक्टूबर के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में तमाम दर्शकों के प्रश्न रहते हैं कि पंडित जी ये राशिफल किस पर आधारित है तो हमारा ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है देशी ग्रामे ग्रह युद्ध सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्म जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्राया ग्रह गोचर जन्म राशि प्रधानत्म नाम राशि न चिंतित तो इसी आधार पर चंद्रमा के गोचर के आधार पर हमारा ये राशिफल तैयार किया जाता है यदि आपको भी आपकी चंद्र राशि नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है डेटा ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस ये चीज़ें आप छोड़ दीजिए और हमारे इस वीडियो को देखिए दर्शकों को लाइक ज़रूर करिए इस चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए दर्शकों पंचांग पर चलते हैं पंचांग पर एक दृष्टि डाल लेते हैं पंचांग पांच अंगों से मिल करके बना होता है ये पाँच अंग होते हैं तिथिवार नक्षत्र योग करण तो विक्रम संबत दो हज़ार छिहत्तर सख और शुक्ल पक्ष की आज जो तिथि रहेगी ये चतुर्दशी तिथि रहेगी चतुर्दशी तिथि को दर्शकों को हमने बताया था कि किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंधों से बचना होता है सूर्योदय होगा प्रातः छः बजकर आठ मिनट पर और सूर्यास्त होगा शाम को पाँच बजकर अड़तीस मिनट पर नक्षत्र रहेगा उत्तरा भाद्रपथ जो करण रहेगा गरकरण रहेगा इसके उपरांत त्वरित और अंतिम करण जो रहेगा ये विष्टिकरण रहेगा योग जो है थ्रु योग है इसके उपरांत से अज्ञात योग रहेगा शनिवार दिन रहेगा शनिवार को पूर्व दिशा की ओर दिशा होता है पूर्व दिशा की ओर यात्राओं कर यात्रा करने से बचना चाहिए यदि आपको यात्रा करनी पड़ जाए तो प्रयास ये करिएगा कि अदरक का सेवन करके अथवा जो है अदरक वाली चाय का आप सेवन कर सकते हैं उसके पश्चात आप पहले जो है ए, पश्चिम दिशा में चार पग चलिए फिर पूर्व दिशा की ओर चार पग आप चलेंगे तो आपकी यात्रा मंगलमय होगी राहु काल की बात करते हैं राहु काल एक ऐसा काल होता है एक ऐसा समय होता है कि आप लोगों को शुभ कार्यो को नहीं करना है तो प्रातः नौ बजे से लेकर के दस बजकर छब्बीस मिनट तक का राहु काल रहेगा शुभ कार्यो को यदि करना होगा तो आप अभिजीत मुहूर्त में करिएगा सुबह ग्यारह कर मिनट से लेकर के बारह मिनट तक का रहेगा दूसरा एक मुहूर्त और बता रहे हैं विजय मुहूर्त है ये एक बजकर अड़तालीस मिनट से लेकर के दो बजकर चौतीस मिनट तक का है तो इस दौरान आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं जो भी दर्शक 17 और 18 अक्टूबर को दिल्ली में हमसे मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप लोगों का स्वागत है आप लोग आकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं दर्शकों वार्षिक राशिफल भी सभी राशियों का पड़ गया है तो आप लोग जा करके देख सकते हैं मेष राशि के जातकों तो आज आप अपने सीनियर्स के प्रति अच्छा व्यवहार बनाएं इसी में आपकी भलाई है आज छात्रों के लिए अच्छा दिन रहने वाला है माता पिता के साथ आज आपके संबंध मधुर रहेंगे उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने के योग बन रहे हैं बिजनेस में कोई बहुत बड़ा ऑफर मिलने से धन लाभ हो सकता है आज अविवाहित लोगों को कोई जो है मतलब विवाह का प्रस्ताव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज आप अपनी बात दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से यदि रखेंगे तो बेहतर रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि गायत्री मंत्र की एक माला का जाप करिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम दिशा वृषभ राशि वृषभ राशि के जात आज उम्मीद के मुताबिक आपको धन प्राप्त होगा नौकरी पेशा लोगों को विशेष सफलता हासिल होगी ऑफिस में किसी बड़े अधिकारी का सहयोग आज आपको मिलेगा इस राशि के यानी कि वृषभ राशि के हैं और व्यापारी वर्ग हैं तो आय के नए नए स्रोत आपको मिलेंगे मन मुताबिक कोई काम आपको पूरा होने पर आपका मन प्रसन्न रहेगा आज आप दिन भर खुद को तरोताजा महसूस करते हुए नजर आएंगे सकारात्मक सोच आज आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है आज आपको छोटी छोटी बातों में खुशी तलाशने का अवसर प्राप्त होगा आज का आपका आर्थिक पक्ष काफ़ी मजबूत रहेगा किसी नए साझेदार से आज आपकी जो है मुलाकात होती हुई दिखाई पड़ रही है किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से आज, आज आपका संपर्क होगा और आगे ये रिफरेंस आपका और मजबूत होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज दशरथ के शनि स्रोत का पाठ करिए और उड़द के दाल के बड़े बना करके ये आपको गरीबों को खिलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा कोरल ब्लू कलर नीला रंग रहेगा शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम दिशा तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये राशिफल मेष से लेकर के मेन राशि का आ, कम शब्दों में अधिक चीज़ें बताने के का प्रयास किया है और उपाय भी आपको बताया है तो दर्शकों एक लाइक बनता है अट्ठारह और उन्नीस अक्टूबर को दिल्ली में जो कोई हमसे मिल करके अपनी कुंडली का विश्वर करवाना चाहते हैं आप लोगों का स्वागत है दीजिए इजाज़त मिलकर अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जय शनिदेव श्री